हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल सो गाइस पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट टेंस उसके रूल पढ़े थे उसका उसके आगे जो फोर टाइप्स हैं सिंपल प्रेजेंट की जैसे उसका नेगेटिव हो गया पॉजिटिव हो गया इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस तो कंटिन्यूस का मीनिंग एज यू नो कि वॉट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूस कंटिन्यूज मीन्स दैट इज गोइंग जो चल रहा है वो कंटिन्यूज होता है ओके okay, तो आज हम पढ़ेंगे सेकेंड प्रेजेंट टेंस की जो सेकेंड टाइप है फर्स्ट हमने सिंपल प्रेजेंट पढ़ ली एंड सेकेंड इज द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस तो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस क्या होता है इट इंडिकेट्स एन एक्शन दैट इज हैपनिंग एंड डेवलपिंग नाउ मतलब वो वाला एक्शन उस एक्शन को इंडिकेट करता है ये टेंस जो कि हम क्या कर रहे हैं जो कि अभी हो रहा है दैट इज हैपनिंग मतलब जो कि चल रहा है एंड डिवेल्पिंग जो अभी डेवलप हो रहा है दैट इज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जैसे कि कोई भी काम जैसे मैं अभी कर रही हूँ फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग नाउ मैं अभी पढ़ा रही हूँ दिस इज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको सॉरी <coughs> कोई भी आप जहाँ पे कोई भी एक्शन जो आपका परफॉर्म हो रहा है जो चल रहा है प्रेजेंट में उसको उसमें हम आपको प्रेजेंट टेंस उसको कहते हैं आ, जैसे कि आप बोलेंगे कि आई एम गोइंग टू मार्केट मैं मार्केट जा रहा हूँ तो जा रहा हूँ इज मीन्स आप अभी चल रहे हैं मार्केट अभी जा रहे हैं तो दैट इज़ द प्रेजेंट एक्शन ओके तो आपको इसमें एंड की साउंड कंटिन्यूस में क्या होती है रहा है रही ही रही है रही हूँ जा रही हूँ खा रही हूँ पी रही हूँ इस तरह के जो रहा है रहा ही की जो साउंड एंड में आती है उसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को इंक्लूड करते हैं ओके फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले आपको इसका रूल बताऊँगी कि किस तरह से आप इसमें सेन्टेंस फॉर्मेशन करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल रूल वट इज द रूल ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस रूल होगा इसका सब्जेक्ट ओके सब्जेक्ट वर्फ की फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस आई एनजी प्लस ऑब्जेक्ट अब देखिए आप कि हमने सिंपल प्रेजेंट में पढ़ा था कि वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई e एस आता है सिंगुलर के साथ लेकिन प्लूरल के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है लेकिन कंटिन्यूस में क्या है हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई लगाएंगे आई मींस जो कंटिन्यू हो रहा है ओके इस तरह से ही आपकी इस टेंस में सेंटेंस फॉर्मेशन होगी सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं कोई भी लिख लेते हैं ही आप वर्फ के फर्स्ट फॉर्म क्या लगाएंगे आप This is your helping verb. हाँ one is there. Here you have to add, sorry. यहाँ पे आपको subject plus helping verb भी आपके यहाँ पे आते हैं Helping verb plus verb की first form plus ing and plus object. ओके okay? यहाँ पे आपके हेल्पिंग वर्ब भी आएंगे हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताए थे इज एम आर आपके प्रेजेंट में यूज होती वाज़ वर आपके पास्ट में और ये जो विल और शेल है ये आपके फ्यूचर में यूज होते हैं दीज आर द हेल्पिंग वर्ब ये प्रेजेंट कंटिन्यू में यूज होते हैं हैज और है प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होंगे हैड आपका पास्ट परफेक्ट में यूज होगा और विल शेल बीन जो आगे लगता है दैट बीन uh, जो आगे लगता है दैट इज यूज इन द फ्यूचर टेंस ओके अब हीज आपने हेल्पिंग वर्फ कर लिया अब इसके बाद क्या आएगा सेंटेंस फॉर्मेशन में वर्फ की फर्स्ट फॉर्म आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू यॉइस तो देन आई एम राइटिंग हियर ही इज ही इज ईटिंग अ बर्गर वो क्या खा रहा है एक बर्गर खा रहा है ठीक है ही इज इटिंग इट मीन्स ही इज इटिंग नाउ एंड द प्रेजेंट टाइम इट मीन्स वो प्रेजेंट टाइम में जब मैं बात कर रही हूँ देन ही इज डूइंग दिस एक्शन ठीक है तभी वो इटिंग कर रहा है जब मैं बात कर रही हूँ तो ही इज इटिंग अ बर्गर तो दिस सेंटेंस इज अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूसटेंस सो यू हैव टू फ्रेम देंटेंस विद द हेल्प ऑफ द रूल ओके Then he is is eating a burger. This is the present continuous tense. बर्गर दिस इज द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंग कौन से आएंगे आपके मैंने पहले ही बोला था आर ये हेल्पिंग वर्व यहाँ पे आपके रहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस में ओके ही इज इटिंग ही के साथ आपको पता ही साथ किसी name के साथ क्या <coughs> आपका आएगा आपका is आएगा दे के साथ दे इज द प्लूर तो आपका आर आएगा दे आर प्लेइंग इन द गार्डन वो क्या कर रहे हैं खेल रहे हैं गार्डन कुछ भी खेल खेल रहे होंगे फुटबॉल खेल रहे होंगे वॉलीबॉल खेल रहे होंगे मे बी क्रिकेट खेल रहे होंगे बैडमिंटन खेल रहे होंगे जो भी उनकी चॉइस है वो खेल रहे होंगे दे आर प्लेइंग इन द गार्डन वो गार्डन में खेल रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्योंकि हम अभी बात कर रहे हैं कि वो खेल रहे हैं इट मीन्स वो अभी भी खेल रहे हैं जब हम ये सेंटेंस बोल रहे हैं देन डे के साथ मैंने आर लगा दिया लेकिन ओनली आई आई इज द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है यहाँ पे सिर्फ आई ही एक ऐसा है जिसके साथ आपका एम आएगा और किसी के भी साथ आपका किसी भी सब्जेक्ट के साथ आपका एम नहीं आएगा ओके आई एम डांसिंग अब आपका ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है हो भी सकता है ओके आई एम डांसिंग मैं क्या कर रही हूँ डांस कर रही हूँ तो दिस इज ऑल्सो द प्रेजेंट कंटिन्यूअसेंट्स अब आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट के साथ कौन कौन सा हेल्पिंग वर्व आएगा ही के साथ आपका इज आएगा दे के साथ आपका आर आएगा और आई आए के साथ आपका एम आएगा आप दे की जगह यहाँ वी भी आ सकता है बिकॉज इट इज ऑल्सो द प्लूर सब्जेक्ट एंड ही के साथ आपका शी It, इट any singular name because this is the singular subject, third person and I is also the singular one but with the I, with the subject I के साथ आपका क्या आएगा Only the am आएगा because am के ही साथ I जो है वही subject match करेगा और यही आता है am के साथ और am किसी भी subject के साथ नहीं लगेगा okay? This is the present continuous tense. इसमें हमने आपका positive स पढ़ा है किस तरह से आपका पॉजिटिव बन रहा है इसमें कोई नेगेटिव बात तो नहीं हो रही कि वो नहीं खा रहा है जहाँ नहीं जाएगा जहाँ कुछ नहीं कर रहा है हमने सब बातें जो है दैट इज दॉजिटिव ओके अब हम पढ़ेंगे इसका नेगेटिव कैसे आएगा रूल शुड बी देर रूल यही रहेगा बट ये जो आपका नेगेटिव है यहाँ आप कहीं नोट लगाएंगे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपका नेगेटिव बनेगा जैसे मैंने ये रब कर रही ओके okay. अब इसका हमने पॉजिटिव देख लिया कि ही इज हीटिंग दिटिंग द बर्गर ही इज गोइंग टू स्कूल ही इज डांसिंग ही इज प्लेइंग ही इज वॉचिंग द टी वी तो एवरी थिंग दैट इज गोइंग ऑन दैट इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट दैट इंक्लूड अंडर द सिंपल प्रेजेंट टेंस सॉरी एंड अभी आगे हम नेगेटिव बनाएंगे इसका ठीक है नेगेटिव कैसे बनाएंगे जैसे मैंने लिखा था आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल मैं स्कूल नहीं जा रही हूं ठीक है मतलब हो सकता मैं आज स्कूल ना जा रही हूँ जब मैं अभी स्कूल नहीं जा रही हूँ आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल आपसे कोई पूछ रहा हो, होगा आर यू गोइंग टू स्कूल क्या तुम स्कूल जा रही हो तो आप बोलते नो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ दिस इज द नेगेटिव सेंटेंस लेकिन नेगेटिव कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यूज है ये नेगेटिव सेंटेंस बन रहा है ओके okay? नॉट लगा दिया तो दैट इज़ द नेगेटिव सेंस एंड आप इसी तरह से आप ही की भी बुना सकते हैं ही इज नॉट इटिंग बग, वो बगर नहीं खा रहा है ठीक है आप ऐसे भी लिख सकते हैं दे आर नॉट प्लेंग वो नहीं खेल रहे हैं ठीक है देआर नॉट स्टडिंग कुछ भी आप लिख सकते हैं जो कि आपका प्रेजेंट कंटिन्यू के अंडर आएगा तो दीज टाइप ऑफ द नेगेटिव सेंटेंस ये क्यों कौन से होंगे नेगेटिव सेंटेंसेज लेकिन नेगेटिव किसके अंडर आ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यू के अंदर अब हम इसका इंटेरोगेटिव भी पढ़ेंगे किस तरह से इंटेरोगेटिव देखिए जैसे ये है मैंने ऐसे लिखा अब आपका इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनता है फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिर्फ आई विनली वेरोगेटिव सेंटेंस एंड आफ्टर दिल टेल यूट इज दोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ओके द फर्स्ट ऑफ ऑल इन टेरोगेटिव सेंटेंस आप ऐसे लिख सकते हैं एम एम आई एम आई अब इस तरह से डब्ल्यू एच वाली फैमिली से भी क्वेश्चन डब्ल्यू एच की जो फैमिली होती है जैसे विच वॉट हाउ ओहू अभा ये जो क्वेश्चंस हैं इससे भी आप क्वेश्चन पुट करते हैं लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं दीज़ आर पुटिंग बाय हेल्पिंग वर्ब्स ये किस तरह से पुट हो रहे हैं हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से अब मैंने एम को बाहर रख दिया तो दिस इज द क्वेश्चन मार्क दिस इज द क्वेश्चन एम आई गोइंग टू स्कूल क्या मैं स्कूल जा रही हूँ जैसे प्लेइंग क्या वो खेल रहा है आप पूछते होंगे बहुत बार जैसे आर यू आर यू स्टडिंग क्या आप पढ़ रहे हो यहां भी क्वेश्चन मार्क आएगा इस तरह से ही आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा ओके अब आपको इंटेरोगेटिव पता चल गया नेगेटिव पता चल गया पॉजिटिव पता चल गया अब एक और रह गया जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव है उसमें क्या आएगा उसमें आप सिर्फ आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो बाहर आ जाएगा जब आपने आ, अपना क्वेश्चन बनाना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है लेकिन आपने इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो आप यहाँ लगा दोगे एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ यहाँ पे था क्या मैं स्कूल जा रहा हूं जब आप नाउटपुट कर दोगे तो दिस इज द इंटरोगेटिव नेगेटिव जब इज ही नॉट प्लेइंग क्या वो नहीं खेल रहा है पहले मैं पूछ रही थी इज ही प्लेइंग क्या वो खेल रहा है अब मैं बोल रही हूँ इज ही नॉट प्लेइंग क्या वो नहीं खेल रहा है तो दिस इज द इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस Are you not studying? क्या तुम ट्राई नहीं कर रहे हो क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो तो दिस इज द इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस तो दिज आर द फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसिस अंडर द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस मैंने आपको पहले भी बताया था हर एक तीन तरह के सेंटेंसेज होते हैं सिंपल प्रजेंट टेंस पास टेंस एंड फ्यूचर वन एंड हर एवरी अंडर द एवरी टेंस देयर आर फोर मीन सब टाइप्स ऑफ द टेंसेज और हर एक सब टाइप के अंदर भी आपके फोर फोर टाइप्स बन जाती हैं जैसे पॉजिटिव हो गया नेगेटिव हो गया इंटेरोगेटिव एंड द फोर्थ वन इज द इंटेरोगेटिव नेगेटिव टेंस ओके ये जो आपका बन गया सिंपल प्रेजेंट का अब आपको इसका रूल का पता चल गया कि किस तरीके से रूल बनाया जाता है किस तरीके से आपका वर्ब कहाँ पे आएगा पहले क्या आएगा पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा फिर वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा अब आप इन सेंटेंसेस को डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो जैसे आपको कोई कुछ भी पूछ रहा हो या कुछ काम कह रहा हो आप बोल सकते हो आई एम इटिंग आई एम डूइंग माई लंच मैं अपना लंच कर रहा हूँ ओके आई एम डूइंग माई होमवर्क मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ आई एम वॉचिंग टी मैं टी देख रहा हूँ जैसे ही is going to market. वो market जा रहा है Okay, every sentence जो आप अपनी daily life में use करते हैं आप बोल सकते हैं अपने home पर daily इस तरह से इसके uh, according अर सब्जेक्ट हेल्पिंग verb वर्ब और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रॉपर अरेंजमेंट करके सेंटेंसेज का कि किस तरीके से कौन सी जगह कहाँ पर आएगी कौन सा वर्ड सब्जेक्ट पहले आएगा जहाँ कहाँ पर आएगा प्रॉपर आपको सेंटेंस की मैंटेनेंस करके प्रॉपर सेंटेंस का प्रोफॉर्मेशन करके आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं देन यू कैन इंप्रूव योर इंग्लिश ओके तो दिस दिस इज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस टेंस यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स ओके देन आई विल रिप्लाई यू ओके थैंक यू गाइस ओके फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल